हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में जी हां दोस्तों आपको बता दूं कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और आपके आवेदन भी स्टार्ट होने वाले हैं तो दोस्तों आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर आपकी वैकेंसी निकलने वाली है महिला पुरुष सभी लोग आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में नोटिफिकेशन बताते हैं तो दोस्तों आपकी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली wcd.nic.in सी डी डी जी हाँ दोस्तों आपको बता दो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है पूरा आपको यहाँ पे दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताने वाले आपकी यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स रहने वाले जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन फीस सारी डिटेल में हम बात करने वाले तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा तो दोस्तों आपको बता दूँ कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना फिर मेन्यू के बटन पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन के यहाँ पर पे पैनल में जाना है वहां पर जाने के बाद दोस्तों तीसरे नंबर का बटन आपको दिखेगा जहां पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगा इसको डाउनलोड करना आपको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये वैकेंसी आ गई है आपको बता दें दोस्तों आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है अठारह पदों पर आपके आवेदन मांगे जा रहे है दोस्तों आपको बता दू इस वैकेंसी के यहाँ पे बेसिक डिटेल्स जो कि यहाँ पे कुल टोटल यहाँ पे अट्ठारह हजार पदों पर आपकी वैकेंसी निकली है आवेदन का तरीका आपका ऑनलाइन रहने वाला है शैक्षणिक योग्य तो दोस्तों इसमें आठवीं पास दसवीं पास और बारहवीं पास मांगी गई है विभागीय वेबसाइट दोस्तों मैंने पहले भी मेंशन कर दी थी दोबारा देख लीजिए www.wcdnic.in पे जाना है आपको वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और जैसे ही आपके आवेदन स्टार्ट हो आपको आवेदन कर लेना है शैक्षणिक योग्यता दोस्तों यहाँ पे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए बारहवीं पास रखा गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए यहाँ पे दसवीं पास और आंगनबाड़ी सहायक के लिए यहाँ पे आठवीं पास रखा गया है चयन प्रक्रिया दोस्तों आपको बता दूं कि ऑनलाइन मोड आपका एग्जाम का रहने वाला है उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन आपका होगा और दोस्तों यहां पे पदों के लिए वेतनमान भी बता रखा है यहां पे सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अट्ठाईस हजार रुपए बता रखे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए यहां पे अट्ठारह हजार रुपए और आंगनबाड़ी सहायता के लिए यहाँ पे पंद्रह आपको पैसे मिलने वाले है दोस्तों आयु सीमा की अगर बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच में अगर आपकी एज है तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों यहां पे आवेदन शुल्क बता रखा है जनरल ओबीसी बी कैंडिडेट के लिए दो सौ चार्ज रहेगा एससी एसटी और महिला के लिए यहाँ पे पचास आपका चार्ज रहने वाला है दोस्तों आगे हम बात करेंगे आवेदन की तिथि तो आपको बता दूं कि आवेदन शुरू होने की तिथि पांच अगस्त रहने वाली है और आपकी अंतिम तिथि यहाँ पे इकतीस अगस्त रहेगी दोस्तों आवेदन कैसे करना है इसके लिए आपको यहाँ पे जो भी इच्छुक और पात्र कैंडिडेट है वो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक मैंने दे रखा है डब्ल्यू पे जाना होगा और वहाँ पर जाके आपको आवेदन का यहाँ पे लिंक एक्टिवेट मिल जाएगा जैसे ही आपके आवेदन स्टार्ट होंगे परीक्षा की तिथि आपके अक्टूबर के अंदर बताई जा रही है तो दोस्तों जरूर आवेदन करिएगा इस वैकेंसी के लिए 18000 से ज़्यादा पदों पे ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं तो जरूर आवेदन करिएगा महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है अब यहाँ पर दोस्तों हम चलते हैं अगले वीडियो में मिल एक नई अपडेट के साथ में धन्यवाद दोस्तों